दोस्तों आर को हराने के बाद धोनी ने कुछ ऐसा कर दिया कि जीत लिया सभी का दिल। जी हाँ दोस्तों यह मुकाबला अंतिम ओवर तक तो चला गया उसके बाद जीतने के लिए छो गेंद में 19 रन चाहिए थे फिर भी आरसीबी की टीम ने इस मैच को जीत नहीं पाई और सीएसके की टीम ने इस मुकाबले को 8 रन से जीतकर कर अपने नाम कर लिया लेकिन दोस्तों आर के हारने के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली के पास जाते हैं और उन्हें तुरंत अपने गले लगा लेते हैं दोस्तों ऐसा वाक्य देखने को बहुत कम ही मिलता है जब विराट कोहली के पास महेंद्र सिंह धोनी आए तो अलग ही मॉल बन गया पूरे स्टेडियम में धोनी के नाम ही गुजरा था धोनी सचिन के बाद ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनको सब प्यार करते हैं तो दोस्तों की आप धोनी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक करें और विराट कोहली के फैन है तो इस वीडियो में कमेंट करें और दोनों का फैन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।